बस मोहब्बत है आपसे बस मोहब्बत है आपसे क्यों है क्या है कैसे है क्यों है, है, है, है, है, है؟, है क्या है, कैसे ये नहीं जानते ये नहीं जानते। बस ये जान लो बस ये जान लो। बस मोहब्बत है आपसे बस मोहब्बत है आपसे क्यों है क्या है कैसे है क्यों है क्या है, कैसे ये नहीं जानते हुए बस ये जान लो इसलिए चार बस मोहब्बत है आपसे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 आपसे है क्या आप है कैसे है क्यों है क्या है कैसे ये नहीं जानते ये नहीं जानते बस ये जान लो बस ये जान लो कि मोहब्बत है आपसे बस मोहब्बत है आपसे बस मोहब्बत है आपसे क्यों है क्या है, था था बस मोहब्बत है आपसे बस मोहब्बत है आपसे क्यों है क्या है कैसे है क्यों है क्या है कैसे ये नहीं जानते ये नहीं जानते बस ये जान लो